चल पाल की आप देख रहे हैं टेक्निकल वीकेंगे आज मैं आपको न्यू अपडेट लेके आया हूं आज बड़ी खुशखबरी है इंस्टाग्राम मोनिटाइजेशन शुल के बारे में मैं बताऊँगा तो इस वीडियो को पूरा देखे और सब्सक्राइब करें और लाइक करें चलिए इस वीडियो को शेयर करतेटल आपको मोनिटाइजेशन डाइजेशन टूल को देखने के लिए यहां पर सेटिंग के ऑप्शन में आ जाना तो ये आपके नंबर है यानी मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको क्रिएटर में जाना उसके बाद मोनेटाइजेशन स्टेटस में आ जाना नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण देख सकते हैं दोस्तों आप मोनिटाइजेशन के लिए योग्य हैं मेरा यहाँ पर मोनिटाइजेशन के लिए योग्य है ऐसा करके लिख आ रहा है और जन पार्ट मोनिटाइजेशन पॉलिसी में जाके देख सकते हैं से आके आप पूरा पढ़ सकते हैं एलिबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर प्रमोशनल टूल इंस्टाग्राम पटना प्लेस टू लर्न अबाउट द रूल फॉर यूजनिंग इंस्टाग्राम मोनिटाइजेशन टू एंड ऑर्डर इज क्रिएटर एंड दबर टू यूज मोनेटाइजेशन और प्रमोशनल टू ऑन इंस्टाग्राम फॉरमेट ब्रांड कॉन्टेंट रोल एंड शॉपिंग फॉरम क्रिएटराम देख सकते हैं यहाँ पर पूरी इंस्टाग्राम गाइडलाइन के बारे में बताया गया है यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं इंस्टाग्राम अभी तक भारत में मोनिटाइजेश आ जाने लेकिन आ जाने के बाद में आपको नियो अपडेट के साथ नया वीडियो लेके जरूर आऊँगा यहाँ से आके आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम के बारे में पार्टनर मोनिटाइजेशन पॉलिसी पड़ी अभी तक भारत में लॉन्च नहीं हुआ आने के बाद तुरंत ही मैं तुम्हें नया वीडियो के साथ एक बार फिर से मिलूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कराने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन